तो हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब आइए पछ्छे ही होंगे मैं केपी पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों फाइनली आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच अपडेट लेके आया हूं दोस्तों डेली मेरठ आरआरटीएस इंफॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों तो देख सकते हो यह है रेड लाइन न्यू बच गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया सईद सल मेट्रो स्टेशन जो कि ये जाती है दिल गार्डन होते हुए ये सीधी निकल जाएगी दोस्तों हरियाणा में तो उससे ही आ गए आपको आज मैं दिखाने और बताने वाला हूं तो देख सकते हो ये गाजियाबाद आरआरटीएफ का स्टेशन बनाया गया है यहाँ पर काफ़ी ऊँचे स्टेशन है सबसे ज़्यादा हाइट इसी स्टेशन इस की गाजियाबाद स्टेशन की और ये भविष्य में दोस्तों एक लाइन तो खुर्जा के लिए जाएगी दूसरी लाइन हापुड़ के लिए जाएगी यहीं से उसके लाइन जोड़ी जाएगी तस्वीर आप लोग देख सकते हो तेजी के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस टाइम पे। आप लोग देख सकते हो यह आपको बता दूँ ये जो चमकरा रहा ये फूड कोर्ट बनाया गया और यहीं से इसको रेड लाइन से भी जोड़ा जाएगा दोस्तों तो बाकी आपको बता दूँ जो डिजाइन बनाने का काम था दो महीने पहले वो तो कर लिया जा चुका है जो अंदर का काम है जैसे कि इस पर मार्बल लगाया जा रहा है और भी छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं लेकिन जो भी काम चल रहा है वर्क चल रहा है वो स्टेशन के अंदर ही चल रहा है दोस्तों ऊपर का भी काम हो चुका है और अगले महीने से इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों देख सकते हो ये लाइन है यहाँ से ये चली जाती है सीधी डेली के सरायकाले खां के लिए क्योंकि वहीं से इस्टार्ट होती है दोस्तों तो बाकी तो मैंने आपको पूरा ही रूट दिखा चुका हूँ इसको और ये बयासी किलोमीटर का रूट है दोस्तों जो कि हमारे मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगा दोस्तों लास्ट स्टॉप है तस्वीरें देख सकते हो ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशनल लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन बनाया गया और जो भी वर्क इस पर बचा हुआ है वो इस लाइन पर यह गाज़ियाबाद का बचा हुआ है और दोहाई का बचा हुआ है दोस्तों बाकी ये सत्रह किलोमीटर का रूट ये अगले महीने खोल दिया जाएगा दोस्तों आम जनता के लिए इसका इनोग्रेशन कर दिया जाएगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था मैं तो इस वजह से आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था लेकिन देख सकते हो अभी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है इस पर फूड कोड रेस्ट कोड ये यहाँ पर बनाए गए हैं ये थ्री फ्लोर आपको चमक रहे हैं बाकी उधर वो इस्टेशन का पार्ट होने वाला है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि फोर्थ फ्लोर पर जाके एंड में ऊपर सबसे इस पर प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये इधर भी पार्किंग का भी ये काम किया जा रहा है अभी तेजी के साथ में और आगे आपको बता दी एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का भी काम चल रहा है जो कि पिलर पहले ही खड़े कर दिए जा चुके थे और इसमें आपको बता दूँ कि पांच एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं दोस्तों और इसको रेड लाइन से भी जोड़ा जाएगा और इधर आपका स्टेडियम से भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होने वाला है और दूसरा इसका आगे चाहे भी जो मूर्ति लगी हुई है चौधरी चरण सिंह की वहां से भी एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होने वाला तो तीन इस साइड में है और दो उस साइड में है दोस्तों तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे बस बने रही वीडियो के साथ में तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर बनके कंप्लीट हो गए अपीयर कैप का काम किया जा रहा फिर इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जोड़ दिया जाएगा दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये डिवाइडर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है मतलब कि जो गाड़ियाँ फाड़ियाँ आएंगी पार्किंग बनाई जा रही है इस एरिया में दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो तो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों देखने में देख सकते हो ये गाज़ियाबाद का स्टेशन है जिस पर अभी डिजाइन ये बनाया जा रहा फूड कोर्ट और रेस्ट एरिया पे देख सकते हो ये डिजाइन बनाने का काम चल रहा है इसकी आपको बता दूं ऊपर सेटरिंग तो लगा दी जा चुकी है और अब इस पर डिजाइन बनाया जाना है तो देख सकते हो इस साइड में ये देखो ये बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा आप लोग देख सकते हो ये पी आर कै पी आर हो गए हैं पी आर का काम किया जा रहा और देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये स्टील के गाटर यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों उसके द्वारा इसको बिछाया गया है क्योंकि ये इस पर मेट्रो को ये क्रॉस कर रहा है रेड लाइन को और दूसरा साथ साथ में ये फ्लाईओवर को भी क्रॉस कर रहा है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पर ये स्टील के गाटर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों इसी वजह से तो अभी काफ़ी सारा काम है करने के लिए अभी इसमें एक महीना लग जाएगा और उसके बाद में जब कम, काम कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस पर रेपिड रेल आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो आप लोग बताना कि आप सभी को के संत द्वारा ये वीडियोस कैसे लगते हैं दोस्तों अच्छे लगें तो लाइक करो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे ही वीडियोस के संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो क्योंकि अब मैं पर डे आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा के संत के चैनल पर आप सभी को देखने के लिए मिलती रहेगी दोस्तों देख सकते हो ये इस तरीके से क्रॉस कर रही है और ये सिद्धार्थ व्यहार होते हुए और ये आपको बता दो कौशाम्बी होते हुए बछुंदरा होते हुए और ये आपका साहिबाबाद में निकल जाएगा तो अभी आपको साहिबाबाद का अभी देखने के लिए मिलेगा कि साहिबाबाद में अभी क्या क्या वर्क चल रहा है वहाँ पर पहले तो आप लोग गाज़ियाबाद का देख लो और फिर आप लोगों को साहिबाबाद का दिखाऊँगा जाकर तो आप लोग बने रहिए दोस्तों बस अपडेट देखने के लिए और आप लोगों को अब अपडेट हर जगह की मिलेगी जहाँ भी एन सी आर में वर्क चल रहा है इस टाइम वहाँ की हर जगह की आप लोगों को अपडेट में दिखाने की और बताने की कोशिश करूँगा ऐसे ही पर तो देख सकते हो ये पीआर बना दिया और तो पीआर कैप का काम किया जा रहा है सेटिंग वो लगा दी इन्होंने और आपको बता दूँ कि इस पे जो पियर हैं उन पर पे अभी पेंट किया जा रहा है दोस्तों और अंदर का तो पेंट हो चुका है देख सकते हो वो देखो यह मार्बल बिछाने का काम किया जा रहा है अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर अभी वर्क चल रहा है और इसका ग्राउंड लेवल पर जो है उसकी अभी मिट्टी को एकतार करके और फिर उस पर भी पत्थर बिछाए जाने हैं तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों तो आप लोगों को अब अपडेट आगे का देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा साहिबाबाद का तो साहिबाबाद का भी आप लोग स्टेशन देख लो दोस्तों चल के दोस्तों सकते देख सकते हैं ये आ चुके हम साहिबाबाद के आर के स्टेशन पर देख सकते यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट थ्री बनाए जा रहे हैं दो मन के कम्प्लीट हो गए एक ही साइड में है देख सकते यहाँ पर ये जा रहा है दोस्तों ये देखो अभी डॉक्ट पे बना दिया है पे भी अभी डेंट पेंट का काम चल रहा है देख सकते हो वो पेंट किया जा रहा बाकी बाकी है बाकी है। तो बाब आपके स्टेशन पे तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों कितना पंद्रह लाख और कल्पना नहीं की होगी स्टेशन बनाया जाएगा स्टेज पे है दोस्तों देखो और अगले महीने लोगों लिए तो लिए तो तो दोस्तों यहाँ पर रेलिंग सब लगा दी देख सकते हैं और इस पर डेंट पेंट कर दिया है और पीछे पंचायत के एंट्री उत्तर प्रदेश उधर भी अभी सकते हो तो देख, देख सकते तो हो देखो है? और एक जानों को, को लेकर आ, आ रहा है।, है ये देख सकते हो ये भूतल आ रहा है उस साइड हो। से होने वाले हैं दोस्तों तस्वीरें देख तो सकते हो आप लोग डिजाइन देख सकते हो अभी बर्फ चल रहा है लगी हुई है और मिस्त्री ये लगे हुए हैं जो इस एक्सपैर किया जा रहा है ये कलर या पेंट कर रहे हैं दोस्तों और पेंट कैसा कर रहे हैं एक ही तरह का पेंट किया जा रहा है इस पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हो बाकी तो सारा काम कम्प्लीट ऐसे ही वीडियोस देखो के संत के चैनल पर के पी संत आप सभी लोगों के पर डे अपडेट लाता रहेगा तो चैनल पर जाओ ज्यादा से ज्यादा आप लोग परेशानी तो है आप लोगों को दिखाता रहता हूँ देख सकते हो अभी इधर से देख लो अभी आप लोग को नीचे का भी दिखाता हूँ चल के और नीचे क्या क्या बर्फ चल रहा है और वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा तो चलते उस साइड में दिखाते चल के तो देख सकते हो ये पीआर पे कैसा पेंट किया है उन्होंने और ऊपर का देखो किस तरीके का पेंट किया है बिल्कुल पेंट कर दिया इसी वजह से ता कि ताकि देखने में भी अच्छा लगे और देखो रेलिंग पे भी इन्होंने डेंट पेंट कर दिया है और कुछ महीने जब मैंने पहले दिखाया था आप सभी को तो कैसा उबड़ खाबड़ सा पड़ा था और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में डिजाइन देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने और यहाँ पर इन्होंने एन टी का ऑफिस भी है दोस्तों तो चलते हैं और आप लोगों को अब तीसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट दिखाते हैं चल के आगे वो भी बनाया जा रहा है तो आधा बन के कम्प्लीट हो चुका है वो और बाकी आप सभी अपनी आंखों से देख लो तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे देख सकते हैं यहां पर ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अभी चल रहा है बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बन के कंप्लीट नहीं हो पाया है दोस्तों तो वो बन के कंप्लीट जल्दी हो जाएगा देख सकते हो तीसरा एंट्री और एग्ज़ट पॉइंट वो बनाया जा रहा है दोस्तों जो कि 80 परसेंट बनकर कंप्लीट हो गया अभी दोस्तों और 20 परसेंट बचा हुआ है उस पर भी काम तेजी के साथ में चल रहा है टीम लगी हुई है एन की देख सकते हो आप लोग तस्वीरें तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो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 गाज़ियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों तो आप लोगों को आप घुमा के दिखाते अभी तो मैंने ऊपर से दिखाया था अब आप नीचे से देख लो इस स्टेशन को दोस्तों कि किस तरीके से बनाया जा रहा है और जो उस साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन पे भी क्या वर्क चल रहा है कहां पर बनाए जा रहे हैं वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो बने रहो बस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ आप लोगों को देखने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों और इसका इनोग्रेशन आप जल्दी ही किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों और उसका भी आप लोगों को मुहूर्त दिखाऊंगा जब इसका मुहूर्त किया जाएगा तब देखो सेटरिंग लगी हुई है और सेटरिंग लगी होने का मतलब क्या है कि इस पर वर्क अभी चल रहा है तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क इस पर पे डेंट पेंट किया जा रहा है और इस पर देखो ये जो साइडों में है देखो ये शीशे लगाए जा रहे हैं ये देख सकते हैं ये गिलासे सब लगाने का काम चल रहा है और इसमें मार्बल मार्बल भी लगाया जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं। दूसरी साइड आ चुका हूं मैं और देख सकते हो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट इधर बनाया जा रहा है एक उधर बनाया जा रहा है तो अभी इस पे वर्क चल रहा है तेजी के साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद